इजिप्टियन प्लोवर एक ऐसी प्रजाति का पक्षी है जो कि अपना खाना मगरमच्छ के मुंह से निकालकर खाता है ये पक्षी मगरमच्छ के दांत में फंसे खाने को खाकर जिंदा रहता है इसी तरह मगरमच्छ के दांतों की सफाई हो जाती है इसी कारण मगरमच्छ इन पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। फैक्ट नंबर टू जर्मनी के बहत्तर साल के वर्ल्फ गैंग दुनिया में सबसे ज्यादा टैटू बनवाने वाले व्यक्ति है जिन्होंने अपने पूरे शरीर के नाइन्टी हिस्से में टैटू बनवा रखे है फैक्ट नंबर थ्री चीन के सियान में बना तीन फीट लम्बा एंटी स्मोक टावर दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर है जो कि हर रोज करीब 10 मिलियन क्यूबिक मीटर ताज़ी हवा का उत्पादन करता है फैक्ट नंबर फोर पानी में रहने वाले जीव जैसे कि कछुआ मगरमच्छ डॉल्फिन, वेल और पानी में रहने वाले सांप ऐसे ही और भी कई जानवरों को एक टाइम के बाद पानी से बाहर आना पड़ता है अगर ये जील ऐसा नहीं करते तो ये पानी में डूब मर सकते हैं फैक्ट नंबर फाइव पुर्तगाल में मौजूद लेबरारिया बाल्टन साल सत्रह में शुरू हुई दुनिया की सबसे पुरानी किताबों की दुकान है जो की आज ही मौजूद है